हाय दोस्तों जिस हर दिल अजीत पत्रकार को जी न्यूज पर देखने के लिए पूरा देश बेताब रहता था जिस पत्रकार के शो को देखने के लिए दर्शक घड़ी की सुई की ओर टक लगाए रहते थे जिस पत्रकार के सार्थक रिपोर्ट के दर्शक आयल रहा करते थे अब बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस पत्रकार ने खुद को जीव न्यूज की स्क्रीन ऐसी उजल करने का फैसला कर लिया है जी हाँ हम बात कर रहे हैं जी न्यूज के एडिटर इन चीफ और सी सुधीर चौधरी की उन्होंने अपने पद ऐसी इस्तीफा दे दिया है हालांकि जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा समेत अन्य लोगो ने उन्हें खूब बनाने की कोशिश कुछ सुभाष चंद्रा ने कहा है कि मैं पिछले कई दिनों से सुधीर चौधरी को मनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने जाने का मन बना लिया है लिहाजा संस्थान ने उनका त्याग पत्र भरे मन के साथ स्वीकार कर लिया है जिस बात की पुष्टि खुद जीव न्यूज की एच आर हेड रुचिरासो ने की है सुधीर चौधरी के इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद